मोबाइल को क्लीन कैसे कर करते हैं आज हम बताने वाले हैं ऑप्टिमाइज़ पर क्लिक करके ओपन करते हैं ऑप्टिमाइज़ पर क्लिक करते हैं जो तो करने के बाद हो रहा है चेक हो रहा है